वेलकम बैक टू अनदर गेम पर वीडियो शो के साथ इस वीडियो में हम आपको बहुत ही धासु हेर शॉर्ट सिखाएंगे कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं है थोड़ा कोई कोई सिखा देता है लेकिन मैं पूरा अच्छे तरह से बहुत सारे यूट्यूबर सिखाते हैं सिर्फ सेटिंग में चलाने के गन चलाने का तरीका सिखाऊंगा जिससे हेर शॉट लगता है स्टार्ट करते वीडियो को पहले हमारा फायरिंग बटन पर ध्यान देना कैसे होता है जैसे वीडियो को तो देख रहे तो फायरिंग में ध्यान देने रहना तो देखते रहिए कैसे हेडफोन लगेगा ही लगेगा हाँ देखिए में अपना रेड वाला सर्किले बड़ा हो जाएगा तो छोड़ देना देखते रहिए हेड तो लगेगा ही लगेगा देखिए पहले हमारा फायरिंग बटन पर भी ध्यान दीजिए कैसे लगता है हेड शॉट और बता दो कैसे लगता है आप जो किसी को एनिमी फायर कर दो तो अपने फायरिंग बटन को ऊपर कर उठाना है लगेगा ही लगेगा और भाई इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाग तो अभी स्ट्रैक करने के लिए मत करो क्योंकि दो चार सेटिंग में ये बता दो बाकी तो चलते हैं सेटिंग और पहले ये वाले हेडसॉट देखने लगेगा ऊपर करो अपना फायरिंग बटन को उठा फायर करते समय तो लगेगा ही लगेगा देख सकते लगेगा ही लगेगा पूरा लगेगा देख सुष तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज सेटिंग और जाएँगे अभी सेटिंग में जाने के बाद कुछ और फ्यूचर सब ऐसे ऑन ऑफ बढ़ाना पड़ता है अभी तो मैं अपने गन के बारे में बता देता हूँ तो कौन कौन सा गन से ज़्यादा न्यू न्यू में हेड लगेगा तो हमें हमें हमें यू और यू इसमें से जितना भी गन है ना यू एम 40 यू एम जो जाए यह क्या नाम और थोड़े का नहीं पता है सभी से हेड शॉट लगा फास्टर के बाद शॉर्ट गन में यूज करते हो तो शॉर्ट गन में दिखाऊंगा कितना अच्छा अच्छा गन है शॉर्ट गन में भी बहुत अच्छा अच्छा हेड शॉट लगता है तो ये भी बताऊंगा शॉर्ट गन में ये वाले है गन में ज्यादा बहुत आदमी नहीं चलाना आता ये दोनों में ज्यादा आता है ये दोनों में तो चलो बढ़ते हैं सट्टी पर दो चार और शॉट दिखा दे लगेगा लगेगा क्या थोड़ा भी थोड़ा भी उठाऊंगा आप अभी लगे तो लगेगा लगेगा देख सकते कैसे तो सब्सक्राइब करना ऐसा कोई ट्रिक नहीं बताएगा सेटिंग भी बताता तो होट कीजिए बोले देखिए मेरा फायरिंग बटन ऊपर उठता है तब भी हेडसॉर्ट लगता है सेटिंग माना है यहाँ पर आप सभी ये वाला पूरा कम होगा अभी जो ई वाला कम होगा तो पूरा टू डिवाइस में बढ़ाना और थ्री में नहीं रहने देना और कस्टम में आ जाना यहाँ पर कस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कस्टम फिर, फिर नीचे डाब देना अपना फायरिंग बटन बड़ा हो या आपका छोटा हो तो आपको सत्तर सत्रह प्रतिशत यहाँ पर प्रतिशत बड़ा कर लेना इससे ज़्यादा नहीं तो हेड नहीं लगा सत्रह प्रतिशत रहने पर आपका हेड लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब स्टार लाइन गेमिंग टू को प्लीज़ भाई